नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एस क्ले आयुर्वेदा में दोस्तों आज के सेशन में मैं जानकारी देने वाला हूं आपको ई डब्ल्यू पी एल कंपनी के द्वारा लॉन्च किए गए नए प्रोडक्ट फेनोग्रिक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल फेनोग्रिक को हिंदी में, में मेथी कहा जाता है और मेथी जो है आयुर्वेद में काफ़ी जबरदस्त हब्स के रूप में माना गया है मेथी में औषधीय गुण होते हैं इसमें विटामिन्स मिनरल्स एंटी तथा एंटी फंगल ये होता है दोस्तों ए डब्ल्यू कंपनी का फेनोग्रिक एक्स्ट्रैक्ट कैप्सूल जो है ये मेथी के एक्स्ट्रैक्ट से बनाया गया है और एक्स्ट्रैक्ट जो होता है वो किसी भी हर्ब्स का सारा का सारा जो पावर होता है एक्स्ट्रैक्ट के जरिए बाहर निकाला जाता है आपको बता दें कि मेथी हमारे हॉर्मोन्स को संतुलित रखता है ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी सही रखता है यदि इसके बेनिफिट्स की हम बात करें तो मेथी जो है ये मेलोपॉज में दर्द को दूर करता है हड्डियां जो कमज़ोर हो जाती हैं उन हड्डियों में मजबूती प्रदान करता है स्वाइलिंग के दौरान जो दर्द होता है जो पेन होता है उसको ये कम करने में कारगर है वेट लॉस में भी इसका इस्तेमाल होता है वेट वज़न को कम करने में काफ़ी कारगर होता है टेस्ट्रोल लेवल को ये बढ़ाता है महिलाओं में एस्ट्रोजन लेवल को संतुलित रखता है हमारे स्क्रीन के लिए काफ़ी लाभदायक है इसके अलावा डायबिटीज़ आईबीपी में काफ़ी फायदेमंद होता है अपच हुआ या कब्ज हुआ पाचन तंत्र संबंधी समस्याओं में भी ये काफ़ी कारगर होता है हृदय रोगों से बचने में ये सहायक होता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल को सही रखता है तथा तो एक्स्ट्रा चर्बी को भी ये घटाता है इसके अलावा ये मानसिक तनाव में भी काफ़ी उपयोगी होता है दोस्तों ये तथा फेनोग्रिक एक्स्ट्रा कैप्सूल के बेनिफिट्स अब हम आपको बता दें कि इस प्रोडक्ट को आपको इस्तेमाल कैसे करना है कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है तो दिन में दो बार इस कैप्सूल को लेना है एक एक कैप्सूल को गर्म गुनगुने पानी के साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इसके अलावा यदि हम इसके प्राइस डिटेल्स की बात करें तो इसका एमआरपी प्राइस जो है ग्यारह सौ है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस आठ सौ है इसके बाद सेल पॉइंट जो है वो फाइव एस है और क्वान्टिटी सिक्सटी कैप्सूल का ये प्रोडक्ट है दोस्तों फेन्योग्रिक एक्सट्रक्ट कैप्सूल जो है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के फूड कैटेगरी का प्रोडक्ट है और ये 8 मार्च 2022 इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन ये लॉन्च किया गया था संजीव सर के द्वारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और जो दोस्त नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की नई नई जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ नए वीडियो में नई जानकारी नए अपडेट्स के साथ धन्यवाद